बेबी मेरी तारीफ करो ना अग भी कमी मेरा दिल भी कमी और तू भी कमीनी तेरा बाप भी कमी ना